आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है मुझे तो मेला देखकर बहुत मजा आया है ना मिंकी हाँ, मुझे भी बहुत मजा आया जब दोबारा मेला लगेगा तो हम फिर से आएंगे हाँ तुम लोग फिर से आना अरे मुन्नी मैंने सुना है गांव में तो तालाब होते हैं क्या तुम हमें अपना गांव दिखाओगी हाँ चलो आज तुम्हें तुमको तालाब दिखा कर लाती हूँ हाँ। मैंने भी सुना था मुझे भी तालाब देखना है दोस्तों क्या आप भी हमारे साथ तालाब देखना चाहोगे तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ तालाब देखने चलो आ जाओ मम्मी मम्मी मैं चिंकी और मिंकी को अपने गांव का तालाब दिखाकर लाती हूँ ठीक है मम्मा ठीक है बेटा पर ध्यान से आना और हाँ जल्दी आ जाना मैं तुम लोगों के लिए तब तक खाना बना लेती हूँ ध्यान से जाना बच्चों चलो हमें उधर चलना है हमारे गांव का तालाब उधर है अरे वो देखो वो है मेरी दोस्त का घर मैं तुमको मेरी दोस्त से मिलवाती हूँ वो तो बाहर ही बैठी है अरे रूपा तुम बाहर आओ रूपा देखो तो मेरे साथ कौन आया है अरे मुन्नी तुम यहा तुम कब आई मुझे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा ये कौन है मुन्नी ये दोनों मेरी बहन है इसका नाम है अरे अरे अरे मेरा नाम है निकी मैं छोटी हूँ हाँ और ये है चिंकी रूपा हम लोग तालाब देखने जा रहे हैं क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी हाँ मैं अपनी मम्मी से पूछ कर आती हूँ तुम यही रुको मैं अभी आई अरे चलो मुन्नी मेरी मम्मी ने हाँ कह दिया हम चलो तालाब देखने चलते हैं आ जाओ अरे वा इस तालाब में तो मछलियां भी हैं अरे हाँ कितना सुंदर तालाब है ये मछलियां हैं ऐसा तालाब तो हमारे वहां नहीं है गांव में कितना सुंदर तालाब है मुझे तालाब देखकर बहुत अच्छा लगा अरे मछली इधर आओ इधर आओ अरे मुझे पकड़ना है इधर आओ अरे ये मछली क्यों नहीं आ रही मेरी तरफ मुझे इसे पकड़ना है अरे इधर तो आओ मैं इधर से पकड़ती हूँ अरे मछली आओ आओ ये मछली पकड़ में नहीं आ रही है मैं क्या करूँ अरे वो तो और दूर चली गई मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ये मछलियां पानी में कितनी सुंदर लग रही हैं और पानी भी कितना साफ सुथरा है मुन्नी, मुझे और तो तुम्हारे गांव का तालाब बहुत अच्छा लगा चलो अब हम घर चलते हैं हमें तो बहुत मजा आया तालाब आप देखकर आपको भी मजा आया ना दोस्तों हमारी वीडियो को जरूर लाइक करना मुन्नी तुम अपनी बहनों को हमारे घर पर भी लेकर आना हाँ, जरूर अब हमें चलना चाहिए मम्मी इंतजार कर रही होगी आओ चिंकी और मिंकी तुमको हमारा गांव अच्छा लगा ना ये है हमारा प्यारा सा गांव हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों अगर आपको हमारा गांव अच्छा लग रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो हम आपसे मिलेंगे कल तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों